तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं और उससे हमें कुछ अबरत भी हासिल करना है खुशखबरी हमारे लिए है कि फ्रांस की एक मॉडल स्टार यानी एक टीवी स्टार, जो एक एक्टर हैं उन्होंने उस शोबीज़ की दुनिया को छोड़ दिया उस ईसाइत को छोड़ दिया और अब इस्लाम को कबूल कर लिया अब उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल करा क्या हमारी कोई उनके पास दावत गई थी क्या उन्होंने हम लोगों को देखकर कर इस्लाम कबूल करा इनमें से कोई बातें नहीं उन्होंने जो सिर्फ़ इस्लाम को कबूल करा वो सिर्फ़ उसको पहचान कर कबूल करा उसकी सच्चाई को इसकी हक्कानियत को उन्होंने समझा कि दुनिया में कोई ऐसा मज़हब अच्छा है ही नहीं इस्लाम के अलावा इस्लाम इस, इस द बेस्ट रिलीजियन इन दर्ल्ड उन्होंने इस, इस चीज़ को महसूस किया तब उन्होंने इस्लाम को कबूल करा अगर आप कहेंगे उन उन्होंने हम लोगों को देखकर इस्लाम कबूल कर दिया तो ये भाई मेरे बात बहुत गलत है हम लोगों को देखकर तो लोग मर्त तो हो सकते हैं लेकिन कोई कबूल नहीं कर सकता क्योंकि आज हमारे कारनामे इतने बद बत से बदतर हो चुके हैं कि हमें देखकर कोई इबरत हासिल करे हमें तो और लोग देखकर कर देंगे इतने बद बत से बदतर हमारे कारनामे हैं शायद आप लोगों में दिखता भी होगा और समझ समझ में भी आप लोगों के आता होगा तो हमारा बतलाने का यही मकसद है कि लोग इतनी तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल कर रहे हैं और एक ना एक दिन कोई ना कोई मशहूर हस्ती जो कोई मतलब ज़्यादा फेमस आदमी है वो इस्लाम कबूल कर रहा और बाकी तो वो कुछ लोग हैं जो मकामी हैं और वो आए दिन इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो मेरे भाई इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ लोग कबूल कर रहे हैं दूसरे मजहबों को छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उन्हीं में से एक ये एक्टर थी इससे पहले एक आदमी था वो भी फेमस आदमी था उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है औरबरत की हमारी बात यह है कि हम ये ज़रा ये सोचें उस एक्टर के पास कोई शहरत की कोई कमी नहीं थी पैसों की कोई कमी नहीं थी अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारती मज़े वाली ज़िंदगी काटती लेकिन क्यों उसने इतना बड़ा जन जोखम लिया अपने ऊपर क्यों इतना बड़ा बोझ उसने ऊपर अपने ऊपर डाला जानते क्यों क्योंकि उससे पता था मेरे भाई इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है जो क्या करता है हमारी रहनुमाई करता हमें गाइड करता उसमें एक गाइड की किताबें हैं कि कौन सा अच्छा रास्ता कौन सा बुरा रास्ता वो सब कुछ बताता लेकिन और उनके मजहबों में वो चीज़ है ही नहीं ईसाइत में कुछ है ही नहीं बचा ही नहीं है वहाँ उनके पादुरी क्या बताएंगे कुछ नहीं उनके यहाँ बस खाली वही एक क्रिसमस होता और एक आध बस उसके अलावा कुछ नहीं तो मेरे भाई उसने समझा इस्लाम को और इस्लाम को कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसको दुनिया की बहुत बड़ी दौलत दे दी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या ईमान की दौलत से माल होना तो अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया अब हम लोग ज़रा सोचें कि जो गैर लोग थे जिनके पास अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग क्यों इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और हम एक मुसलमान अपने आप को होते हुए हम चाह रहे हैं कि वो ज़िंदगी गुजारें वो ग़ैरों का कल्चर अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ वो गैरों की वो गैरों का तौर तरीका हम अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें जो गोरे कर रहे हैं हम उसको करें हम हम भी अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारें मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ना करें ऐसा बिल्कुल ना करें ये देखो लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है कि वो अपनी मनचाही ज़िंदगी को काट सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं काटा उन्होंने इस्लाम को माना इस्लाम की सच्चाई को जाना उन्होंने समझा कि इस्लाम ही एक खातान को इज़्ज़त दे सकता है बाकी और कोई मजहब जो है ना औरतों को इज़्ज़त नहीं दे सकता वहाँ सिर्फ़ इस्तेमाल होता है तो हमारे यहाँ के कुछ मुसलमान लिबरल लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें भी वो आज़ादी चाहिए हम भी कोई ऊपर उठना चाहते हैं मेरे भाई देखो पहले इंसान बन जाओ उसके बाद ऊपर उठो तो इस तरीके से मेरे भाई हमें भी इबरत हासिल करना है कि लोग देखो किस तरीके से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और हम जो है ना अपनी अयाशी वाली ज़िंदगी काट रहे हैं मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है हमें कुछ पता ही नहीं है हमें ये तक नहीं पता है कि मरना है या नहीं है बस खाली कहते हैं कि मरना है भाई मेरे मरना है तो फिर उसकी तैयारी भी तो करना है उसकी तैयारी कौन करेगा उसकी तैयारी कौन करेगा वबर में हमें जाना है तो हमें उस कब्र की तैयारी भी तो करना है हम जब कहीं जाते हैं तो हम उसका पैकिंग भी तो करते हैं उसकी तैयारी करते हैं अपने आप को रेडी करते हैं तो मेरे भाई हमारे पास भी देखो ज़िंदगी बहुत कम है बहुत कम ज़िंदगी है इस ज़िंदगी से मेरे भाई इतना प्यार ना करो ये किसी से वफ़ा नहीं करती और मौत को कभी मत भूलो ये कभी किसी को धोखा नहीं देती तो ये बात याद रखना मेरे भाई थोड़ी सी जिंदगी है अपनी इस ज़िंदगी को कामयाब कर लो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर अपनी ज़िंदगी को गुजार लो मेरे भाई हमारी यही दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और बाद मरने के आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाएगी तो मेरे भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी और हमारे लिए बहुत बड़ी अबरत थी जो कि लोग धीरे धीरे इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं इन इस्लाम की बातों को मान ही नहीं रहे समझ ही नहीं रहे तो मेरे भाई अल्लाह और उसके रसूल की ज़िंदगी को अपनाओ अल्लाह का तरी अल्लाह का हुक्म हो उसकी फर्माबर्दारी हो और रसूल का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत कामयाब है मेरे भाई हमें इन लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं काटना है देखो वो लोग इस तरफ़ आ रहे हैं और हम उनके कल्चर की तरफ़ जा रहे हैं मेरे भाई ये बहुत बड़ी गलत बात है वो लोग समझते होंगे कि हमारा ये जो कल्चर है ना वो कितना बर्बाद है तबाही के बर्बादी पे आ चुका है तबाही के ठिकाने पे आ चुका है इसलिए वो लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम भी उस तबाही में जाएं, मेरे भाई अपने आप को बचाओ अपने आप को बचाओ अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो अपने अपनी दुनिया को भी संवारो और बात मरने के अपनी आखिरत को भी संवारो अल्ला तौ से दुआ करो कि अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफरी का अदाफरमाय आमिर